यदि हम आपसे पूछे कि चलिए दुनिया की, की टॉप पाँच लेटेस्ट सुपरकारों के नाम बताइए तो शायद आप एक बार के लिए गूगल पर सर्च करने लगे वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को कई लेटेस्ट सुपरकारों के बारे में पता होगा पर प्राइस आज हम इस वीडियो में पाँच ऐसे सुपरकारों के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी हल्की है और काफी तेज भी दौड़ती है तो चली गाइस इस वीडियो के सफर को शुरू करती है नंबर फाइव हैनसी वैनम जी टी में वेलेंटाइन डे के खास मौके आरोप हैनसी परफॉर्मेंस की जान हैनसी ने बुकाटी के साथ अपने लंबे विवाद को खत्म कर लिया और उसके बाद कंपनी ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के रनवे पर अपनी वैनम जीटी कार को दौड़ाकर सबसे तेज कार का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया अगर हम वेनम जीटी कार की स्पीड की बात करें तो यह महज 19 सैकंड में जीरो दशमलव तीन सौ सत्तर किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है नंबर फोर बुगाटी शायर सुपर स्पॉर्ड थ्री प्लस लग्जरी हाइपर की कैटेगरी में बुघाटी का नाम लंबे समय ऐसी है अब दो की दुनिया की सबसे तेज कारों की लिस्ट में बुघाटी की एक नहीं बल्कि दो दो कार है बुगाटी शायर सुपर स्पोर्ट 300 प्लस दुनिया की पहली एक कार है जिसकी टॉप स्पीड चार किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो यह कार 28 करोड़ रुपए की है और गैस अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो यह महज 2.4 सेकंड में ही जीरो से सौ प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है नंबर थ्री है जिसका नाम सबसे तेज कारों की लिस्ट में आता है इसमें ट्रेवल टर्बो इंजन है अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो यह करीब दो हजार हॉर्स पावर की है इसकी टॉप स्पीड चार किलोमीटर प्रति घंटा है यह मैच दो सेकंड में ही जीरो से सौ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है और गैस अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत करीब ग्यारह करोड़ रुपए है नंबर टू कॉनिक सेग जेस्को अपसोल्डाटी और और हैनसी की कारों से इसका सीधा मुकाबला है इससे पहले कुछ अपग्रेड के बाद सौ इकतीस किलोमीटर है इसमें सोलह सौ सो हॉर्स पावर का इंजन भी लगाया गया है अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत करीब पच्चीस करोड़ रुपए है नंबर वनिका आर एस कार सुलीस प्रति घंटा की टॉप स्पीड के साथ दूसरी सबसे तेज चलने वाली कार है इस कार में 5.0 टर्बो फाइव इंजन लगाया गया है, जो इसे 1160 एचपी की पावर देता है ये कार पूरी दुनिया में केवल 11 लोगों के पास ही शामिल है सो so अगर आप इस वीडियो में अपना प्यारा सा लाइक देते हैं तो आपको भी एक ऐसी ही कार आने वाले समय में मिलने वाली है कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> और गैस आपको कौन सी कार पसंद है हमें कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा सो गैस अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में